दोस्ती किसे कहते हैं निभा जाओ दोस्त तुम औरों जैसे नहीं ये दिखा जाओ दोस्त के दोस्ती किसे कहते हैं निभा जाओ दोस्त तुम औरों जैसे नहीं ये दिखा जाओ दोस्त और आने वाला कल किसने देखा है तुमसे मिलने की तमन्ना है तुम आज ही आ जाओ चलो एक थोड़ा मोटिवेशनल सुना देते हैं आज सुनो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते सफलता भी उन्हें हासिल होती है ध्यान तो सुनना सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी हमने हमने ऐसी भी क्या खत कर दी जो काबिल माफी नहीं तुमको देखा नहीं है कई दिन से क्या यही सजा काफी नहीं कोई भी चीज बड़ी नहीं है बस सब छोटा लगने लग जाएगा एक समय के बाद को इसको, इसको सपना लग रहा होगा कि यहाँ बैठना वो पाना ए खुद का मिलियनर बनना बिलियनर बनना खुद की परिवार की पहली बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज़ लाना माँ बाप को विदेश घुमाना फ्लाइट में घुमाना सब काम करोगे ना सब तो वो ऐसा फीलिंग हो रहा है अभी जो लगता था कि आप आप समझ समझ रहे हो, आप मेरी भावना समझ रहे हो हो मेरी भावना मुझे भी तुम्हारी फिक्र सताती है पर मैं फिक्र जता नहीं पाता हूँ मुझे भी तुम्हारी फिक्र सताती है पर पर मैं फिक्र जता नहीं पाता पर तुम मुझसे दिल मत लगा बैठना पर तुम मुझसे दिल मत लगा बैठना दिल से एक आशिक हूँ मैं दिल तुम्हारा टूट ही जाएगा क्यूँकी ऐसी फिक्र तो मैं सभी के लिए जताता हूँ